sented bhai sabhi sakte shit to complete so bhai madhur the director the typical da singer boy apna bhai ke arth hua लेंगो लाल लुगड़ी हाता में हाथ फूल कमर लपेटा मारे छोरी रियो गुल्ली बन झूल नाक की बाली का रे बाड़ी कुमार का रे देवा चार घुमा ई देव дал जान थारा होटन पे लिप लोज कुण की च नखराली आबर बरम लेवे भोज भोम गटे कु चोडा छो ट छोरी रे न्यू थारी से रे पीगो हटगो गोडा ट छोरी रे न्यू थारी से रे पीगो हटगो इमो गोडा ले थाली से छोड़ी दे लेले तू मैं डीजे पे छोरा पे थारो फेस बोधी तू बेड़ी में थारो फेसि तू बेड़ी में थारो फे से बोली <laughs> उनकी मैडम दी फूज पतली सी बिगले मारी गौरे की नाचे डीजे मारी गण गौरे खुल खेल खुणनाथ डी देख मारी गण गोरे से खुल खेल खुणनाथ रील बनावेलू एप्पल को तुम फोन, थोड़ी बर मारे लारे नाच गई कुकर देरी मोन शेल पी मारी पु लार लार नाची जे तो नाच झलक दिखला जा छोरी तू डीजे आजा नागिन शर की थारी थोड़ो दिखा जा जोर को बाजे नागिन गण जा मारी जानू डीजे जोर को बाजे नागिन गण जा मारी जानू डीजे पीण पिणदा मा गी ती बालाजी trust DJ मैं सिरा को बाजे मैं माचू DJ पे देवर मारी फोटो खांसे beat पे रिलिया ओ कुदया बालाजी DJ पे मैं ते beat पे